कैसे कि आप सभी बढ़िया एंड मस्त सो वेलकम बैक माई न्यू अनदर ब्लॉग तो आप सभी से सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ माफ़ी क्योंकि मैं इतने दिन से ब्लॉग एंड वीडियो नहीं ला पाया कि मेरे दादी जी एक्सपायर हो गए उनकी डेट हो गई तो उस कारण से थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि बहुत लार्डली दादी थी एंड हमको अच्छे लगते थे और हम भी उनके साथ बहुत घुल के रहते थे इतने से मैं वीडियो इसलिए नहीं ला पाया दादी जी का कार्यक्रम था आ, मतलब लास्ट डे उस दिन क्या प्रोग्राम रखा गया था भजन मंडली का और हमारे यहाँ पे ए, रखते हैं आ, सब जगह मतलब ऐसा कुछ होता है तो वो था तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लूँ मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी वीडियो बना लूँ मेरी ऑडियंस देखे एंड जब भी घर वाले एंड जो भी गाँव परिवार और रिलेशन वाले को देखना होगा तो उसकी वीडियो जरूर देखेंगे वीडियो तो नाइट नाइट के सोलियाँ एंड सुबह का सोलियाँ तो आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं तो चलते हैं वीडियो की ओर ये देखिए इस ये जो मेरे मित्र ये बोलते हैं मुझे भी वीडियो में लेना है रात का कार्यक्रम कुछ ऐसा था और सुबह हुआ तो रस्म रहती वो हुई पूरी दादी से इतने अच्छे थे तो हम मतलब बहुत लाड प्यार करते थे और हम भी बहुत लाड प्यार करते थे मेरे जो पिछले भैया हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी बनती हैं और उनके साथ जो मेरी दादी थे उनके साथ मजाक करते थे और मजाक कुछ इस प्रकार से चलता था तो आप वीडियो में देख लीजिए हाँ भाई बोल बोल आई, आई, आई, आई, आई, लव, यू। यू। आगे। आगे। आगे। आगे। लव, नो, यू, यू, यू, यू. <laughs> सो so ये वीडियो तो हमने काफी टाइम से रख रखा था तो मैंने कि और वो उसको बाद में देखा मतलब याद आती तो यार मैंने सोचा ये वीडियो डिलीट हो जाए क्यों ना मैं YouTube पे अपलोड कर जिस दिन भी मुझे देखना रहेगा देख लिया करेंगे तो वीडियो में कुछ थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगा होगा बट वो सोचा कि क्योंकि मेरे पास ऐसे ही वीडियो रहेगा तो या तो वो डिलीट हो जाएगा वीडियो तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर क्यों ना अपलोड कर लूँ सो so, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे साथ में बेल आइकन दबा जो भी नई नई वीडियो नई नई नई आपको मिलते रहेंगे